जय अमित सुनो में जो देखा था है के गया जय अमित सुनो गुण तारे पग चारे वासूल अमित सुनो लिखो समित सुनोली जय अमित सुनो ले सुनो ले सुनो ले सुनो